हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रीति किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हक्का नूडल की रेसिपी ये रेसिपी थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ पतली और छोटी साइज की नूडल की रेसिपी बनाने वाली हूँ जो बाकी नूडल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये देखने में बिल्कुल बाज़ार के चोमिन जैसा कलरफुल और उससे भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनेगी नूडल बनाने के लिए मैंने यहाँ तीन नूडल लिया है ये चोमिन जो बाज़ार में मिलती है उससे थोड़ी सी पतली होती है और ये उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है तो सबसे पहले हम इसे उबालेंगे तो मैंने डेढ़ लीटर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे एक चम्मच रिफाइंड तेल और अब हम पानी में उबाल आने तक का वेट करेंगे पानी में उबाल आने लगा है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तीनों नूडल को नूडल उबालने के लिए हमेशा पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। अगर आप कम पानी में नूडल को उबालेंगे तो वह चिपचिपी होती है इसे हम एक फोक की मदद से चला लेंगे ताकि नूडल एक दूसरे से अलग हो जाए और फुल फ्लेम पर हम इसे लगभग तीन से चार मिनट के लिए कुक करेंगे तो मैं आपको नूडल चेक करके बताती हूँ कि कैसे हमें चेक करना है हम इसे थोड़ा सा दबा के देखेंगे तो मुझे ये अभी थोड़ी सी टाइट लग रही है तो हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे तो देखिए मैं इसे एक बार फिर से चेक करती हूँ तो देखिए ये अब सॉफ्ट हो गई है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे तो इसे आप किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं आप चाहें तो इसे किसी छलनी में या फिर इस तरह के किसी बर्तन में निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और अब हम इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से दो से तीन बार धो लेंगे अब हम एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे मिला लेंगे ताकि नूडल एक दूसरे से चिपके नहीं और अब हम इसे पंखे के नीचे दस मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो भी नमी हो वो सूख जाए दस मिनट हो चुका है तो चलिए अब हम नूडल कुक करते हैं तो नूडल बनाने के लिए मैंने यहाँ लोहे की कड़ाही में दो से तीन चम्मच तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधा इंच अदरक ऐड करेंगे तो अदरक का मैंने थोड़ा लंबे स्लाइस में कट किया है और इसी के साथ हम ऐड करेंगे पांच से सौ लहसुन की कलिया और इसे हम कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे पूरे प्रोसेस में हम गैस का फ्लेम फुल ही रखेंगे अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ एक मीडियम साइज को प्याज को इस तरह से कट कर लिया है और इसे भी हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे अब हम इसमें एक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ वेजिटेबल को ज़्यादा पकाना नहीं है उससे नूडल उतनी अच्छी नहीं बनेगी तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें तीन हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है आप चाहे तो इसे बारिक भी काट सकते हैं और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ शिमला मिर्च और अब हम इन सभी को कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे तो वेजिटेबल्स को हमें यहाँ ज़्यादा पकाना नहीं है तो हम इसे कुछ सेकंड के लिए सोटे कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई बंधा गोभी डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें एक चौथाई चम्मच चिली फ्लैक्स भी ऐड करेंगे तो ये ऑप्शनल है आपको अगर तीखा खाना पसंद है तो ऐड करने वरना ना डालें इससे नूडल्स ज़्यादा अच्छी दिखती है और ज़्यादा टेस्टी भी बनती है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो थर्टी सेकेंड के लिए इसे भी हम फ्राई कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ बंद गोभी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं पर मेरे घर में सभी को बंद गोभी थोड़ा कम पसंद आता है तो मैंने यहाँ थोड़ा कम बंद गोभी का इस्तेमाल किया है थर्टी सेकेंड के लिए वेजिटेबल भुनने के बाद अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच काले मिर्च पाउडर डालेंगे तो मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही कूट लिया है और इसी के साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तो नमक को हम यहाँ कम ही डालेंगे क्योंकि जब हम सॉस ऐड करेंगे तो सॉस में भी नमक होता है तो उसी हिसाब से हम नमक का इस्तेमाल करेंगे इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सब्जी को कम फ्राई करेंगे हम क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है और इसे फ्राई करने से इसका कच्चापन भी हट जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच सोया सॉस सोया सॉस से कलर ज़्यादा अच्छा आता है और इसमें हम ऐड करेंगे दो चम्मच ग्रीन चिली सॉस आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे दो चम्मच टोमेटो सॉस और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सॉस के साथ हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है बस हम इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे गैस का फ्लेम मैंने फुल ही रखा है तो देखिए सॉस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे अब आप देख सकते हैं कि अब नूडल्स में एक भी नमी नहीं है तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ तो देखिए मैंने वेजिटेबल्स के साथ नूडल को मिक्स कर लिया है और अब हम इसे फुल फ्लेम पे लगभग दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करना है तो देखिए दो से तीन मिनट के लिए मैंने नूडल्स को फ्राई कर लिया है तो सबसे लास्ट में हम नूडल्स का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम एक चम्मच नूडल मसाला इससे नूडल्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी बनेगी तो बस इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कुछ सेकंड के लिए कुक कर लेंगे तो देखिए नूडल्स बनके हमारा रेडी हो चुका है अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो, तो देखिए देखने में ये कितना कलरफुल और इस्पाइसी लग रहा है तो आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा तो देखिए मैं आपको नूडल दिखाती हूँ सभी खिले खिले बने हैं और ये एक दूसरे से चिपकी भी नहीं है तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएँ